संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना अपना प्रभु नाम लिया करना जी, जीवन के सफर में तो तू तो आते हैं जीवन के सफर में तो तू भी आते हैं जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचा आप बचाते तुम वे भूल नहीं जाना तुम्हें भूल नहीं जाना उन्हें याद किया करना जब कोई न हो अपना नाम लिया करना जबे कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना क्यों भूल गए बंदे ये जग तो बीराना है आया है जहां से तुम तुम्हें लौट के जाना है तुम्हें लौट के जाना है माया में मत पड़ना अरे बाहर बचा करना कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना संसार चलो गोसे आ सन किया करना जब कोई न हो अपना मैं लिया करना मत सोच अरे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं मत कहो भग तुम को उन्हें को मंजूर नहीं उन्हें को मंजूर नहीं भगवान को आता है भगवान को आता है तुम पे दया करना जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना संसार चलो बोते आसान किया करना जब कोई न हो अपना pana